असला वेलकम टू लाइव कुकिंग आज हम बनाएंगे शेर पेड़ा ये बहुत ही सिंपल बहुत ही ईजी मिल्क फच की रेसिपी है जो कि एक अफगानी स्वीट डिश है बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है और बर्फी टाइप होती है बहुत ही झटपट बनती है ये रेसिपी तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम एक सॉसपैन में दो कप पानी डालेंगे मेजरमेंट आपने एक्यूरेट रखनी है यानी कि जो कप आप पानी और चीनी के मेजरमेंट के लिए यूज करेंगे वही आपने मिल्क के मेजरमेंट के लिए भी यूज करना होगा तो दो कप हमने पानी डाला सॉस पैन में और इसमें हम दो कप चीनी शामिल करेंगे अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और इसे बॉईल करेंगे इसे हमने तब तक बॉईल करना है जब तक कि ये तकरीबन मर एंडा हाफ कप ना रह जाए यानी कि तकरीबन आठ से दस मिनट के लिए हमने इसे लो टू मीडियम हीट पर कुक करना है बहुत ज्यादा घाना हमें नहीं करना एक दूसरा बॉल लेंगे और इसमें हम मिल्क पाउडर शामिल करेंगे यहां पे मैं नीडो का खुश्क दूध का पाउडर शामिल करी हूं टू एंड हाफ कप यानी कि ढाई कप और इसके बाद हम इसमें चॉप किए हुए बादाम और अखरोट शामिल करेंगे टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा आप कर सकते हैं और साथ ही हम इसमें पिस्ता बारिक चौक हुआ पिस्ता शामिल करेंगे अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे और साइड पर रख लेंगे तो ये मिक्सर हमारा तैयार है इसमें अब हम गरम शीरा डालेंगे तो दूसरी तरफ जो हमने शीरा रखा हुआ था हम उसे चेक करेंगे शीरा हमारा तैयार है बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए अगर आप शीरे को बहुत ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो ये पेड़ ये जो मिल्कफज है ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे स्टिकी होंगे और ड्राई नहीं बनेंगे तो आपने बस डेढ़ कप रख इसका आँच बंद कर देनी है इसकी और इसके बाद इसमें रोज़ वाटर हमने शामिल करना है तकरीबन एक खाने का चम्मच और साथ ही हमने इसमें ऐड करना है आधा टीस्पून कार्डमम पाउडर यानी कि इलायची पाउडर तो गुलाब का पानी हम इस, हमने इसमें ऐड किया साथ में आ, पाउडर हमने ऐड किया कार्डमम पाउडर और ये शीरा हमारा तैयार है आपने इसे मेजर करके ही वन एंड हाफ कप मेजर करके आपने गरम गरम शीरा आ, मिल्क पाउडर में ऐड करते जाना है और साथ ही आप इसे इस तरह करके मिक्स करते जाएंगे एकदम से आपने शीरा इसमें ऐड नहीं करना थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें शीरा ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे इसे एकदम से आपने बिल्कुल पेस्ट की तरह नहीं बनाना अगर ये पेस्ट की तरह बन गया यानी कि बहुत ज्यादा थिन हो गया तो आपकी जो बर्फी है वो ठीक से जमेगी नहीं वो आपको उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा कटिंग उसकी मुश्किल हो जाएगी तो इस तरह थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड कर जाएंगे अगर आपको पूरा डेढ़ कप ना लेंगे, उससे कम भी लेंगे तो कोई मसला नहीं आपने इसको बहुत ज्यादा पतला नहीं करना थिक ही रखना है मिक्सचर को तो अब हम इस तरह करके कोई ट्रे लेंगे सर्विंग डिश लेंगे और इसमें ऑयल लगाएंगे अच्छी तरह से मैंने इसमें ऑयल लगाया हुआ था और एक बटर पेपर रख दिया था अगर आप चाहें तो आप बगैर बटर पेपर की भी इसमें ऑयल लगा कर डाल सकते हैं और मिक्सर के ऊपर हम बारीक कटे हुए बाद पेस्ते और सातवी अखरोट ऐड करेंगे इस तरह करके मैंने इसे कुछ छोटे कुछ बड़े चॉप कर लिए हैं और जो बादाम है वो मैंने बीच में से स्लाइस कर लिए हैं तो अच्छी तरह से हम इसके ऊपर डालेंगे कम या ज्यादा ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं और इसके बाद हम इसे ठंडा होने के लिए फ्रीजर में रखेंगे तकरीबन इसे रूम टेम्परेचर पर हमने इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देना है और इसके बाद हम इसे फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 5 से 6 घंटे अगर आप फ्रीजर में रखना चाहते हैं तो 2 घंटे काफी हैं और इसके बाद हम इसे कट करेंगे तो ये तकरीबन 5 घंटे हो चुके हैं फ्रिज में मैंने बर्फी को रखा हुआ था इसके साइड्स हम इस तरह पहले किसी छुरी की मदद से इस तरह करके हम इसके साइड्स जो हैं वो इसे अलग करेंगे जो कंटेनर है उससे हम अलग कर लेंगे और इसके बाद इसे पलट कर, हम डिश करेंगे इसके बाद आपने इसके छोटे या बड़े जितने भी आपको इसके पीसेस चाहिए आपने बना लेने हैं और पीसेस बना लेने के बाद आप इसे डायरेक्ट भी सर्व कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसे फिर से फ्रिज में रखकर दो से तीन घंटों बाद सर्व कर सकते हैं याद रखें कि आपने इस बर्फी को बिल्कुल भी रूम टेम्परेचर पर नहीं रखना इसे आपने पहले भी रेफ्रिजरेटर में ही रखना है और इसके बाद कटिंग करने के बाद भी आपने इसे रेफ्रिज़रेटर में ही रखना है तो ये बहुत ही इजी बहुत ही सिंपल हमारा शेर पेड़ा तैयार है मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज